आपको यदि कोई ये कहे कि मालिक के पानी का बिल नहीं भरने की कीमत एक भैंस को चुकानी पड़ी तो शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश पर एक पशुपालक की भैंस को निगम कर्मचारी सिर्फ इसलिए खोल ले गए की उसने पानी का करीब एक रुपए का बकाया बिल जमा नहीं किया था ग्वालियर में नगर निगम की कार्रवाई का एक अनोखा मामला सामने आया है जहां निगम ने डेयरी संचालक पर टैक्स न चुकाने को लेकर कार्रवाई करते हुए उसकी भैंस भैंस जब्त कर ली। पशुपालक की को निगम कर्मचारी सिर्फ इसलिए खोल कर ले गए कि उसने पानी का करीब एक लाख उनतीस हजार रूपए का बकाया बिल जमा नहीं किया था वार्ड क्रमांक पैतीस के डलियावाला मोहल्ले में रहने वाले डेयरी संचालक बाल कृष्ण पाल के घर नगर निगम की टीम जा पहुंची निगम अधिकारियों ने उन्हें जल कर की बकाया राशि एक लाख उनतीस हजार रूपए जमा करने के लिए कहा लेकिन जब डेयरी संचालक ने इसमें असमर्थता जताई तो कार्यपालन यंत्री संजय सिंह सोलंकी के निर्देश पर नगर निगम के कर्मचारियों ने उसके घर में बंधी एक भैंस जब्त कर ली और उसे खोल कर लिए गए इसके साथ ही बंसल भवन कैलाश टॉकेज पर दो नल कनेक्शन पर बकाया लगभग छिहत्तर हजार नहीं देने पर उनके कनेक्शन काट दिए गए इसके विरुद्ध सील करने की कार्रवाई भी की गई क्योंकि यहाँ पर ऑफिस चल रहा है और यह पानी का बिल देने में सक्षम भी है यार अजय लुक योर हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एल के जीवन अक्षय में जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल जिंदगी भर के लिए पा?